सिक्स अमेजिंग फैक्ट अबाउट गर्ल नंबर वन क्या आप जानते हैं कि लड़कियां कोई सिकरेट दो दिन से ज़्यादा किसी से नहीं छिपा सकती नंबर टू लड़कियां एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं खास करके खूबसूरती के मामले में जबकि इस बात से लड़कियां अनजान रहती हैं नंबर थ्री गिफ्ट और सरप्राइज लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है नंबर फोर लड़कियाँ उन लड़कों को पसंद करती हैं जो उनसे एडवाइस देता हो नंबर फाइव जोक्स मारने वाले लड़के लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं नंबर सिक्स जब लड़कियाँ गुस्से में होती हैं तो लड़कियाँ सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती अगर सॉरी बोलना हो तो उनका गुस्सा शांत होने के बाद बोल